यह है जेप जिसमें मिट्टी भरी जा रही है अब इसको तोड़ा जाएगा फाउंडेशन को इस तरीके तोड़ा। से तोड़ा जाता है जेब इसमें तोड़ के फिर फाउंडेशन बनाया जाएगा जैसे उस साइड में फाउंडेशन बनाया गया उसी तरीके से इधर भी फाउंडेशन बनाया जाएगा डेली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए देखो तस्वीरें तो चलते हैं आगे दिखाते हुए और बताते हुए आप सभी को कभी टाइम लगेगा देखो इधर भी ये मशीन लगी हुई है तो आगे ये खजूरी पुछता आ जाएगा ठीक है देखो इसे डबल दिखाया जाएगा कि यहाँ पर डबल लाइन बनाई जाएगी क्योंकि यहाँ पर इंटरचेंज बनेगा तो इस वजह से देखो इधर भी ये फ्लर बना दिए हैं इन्होंने पर इधर देखो ये मशीन लगी हुई है तो ये अब पायलिंग का काम कर दिए इसको काटे जा रहे हैं फिर इसको फाउंडेशन बनाया जाएगा और तो फाउंडेशन बना के देखो तच भी रखी चाहिए नज़ारा है तो अंदर को ऐसा निकल जाएगा वो खजूरी आगे पुछता खजूरी पुछता तो ये ये देखो ये जे भी तोड़ रहा है ना फता फता देखो किस तरीके से तोड़ता है ये फायल हुआ है और यही नजारे हैं और आगे अभी और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का देखो किस तरीके से तो ये देखो ये टीम लगी हुई है इसे तोड़ने के लिए और ये टूटने के बाद फिर इस पर फाउंडेशन बनाया जाएगा जैसे कि उधर फाउंडेशन बनाया गया है जैसे इस इधर जैसे इस साइड में फाउंडेशन बनाया गया है देख सकते हो आप लोग तस्वीरें देखो ये भी फाउंडेशन बना दिया जा इसका ये मेन एलाइमेंट है ये मेन अलाइमेंट है देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ रहती रहता है क्योंकि बगल में यमुना रिवर है इस वजह से देखो फाउंडेशन बना फिर इस पर अब इस पर रिंग बनाए रिंग रिंग डाले जाएंगे रिंग डालने के बाद में इस पर कॉन्क्रीट से भर दिया जाएगा फिर इस पर इस पर पिलर कैप का, का काम किया जाएगा इस पर कैप भी बनाए जाएंगे अभी तो यही नज़ारा है यहाँ का और इधर भी आप लोग देख लो इधर भी ये फाउंडेशन बनाया जा रहा है देखो मतलब कि पाइल तो कर दिया जा चुका है सहारे में ये देखो इधर इस साइड में देखो ये भी तोड़ने का काम चल रहा है अभी ये देख सकते हो ये तोड़ा जाए टूट गया अब यहाँ से ये काट दिया जाएगा काटने के बाद में फिर फाउंडेशन बिठाया जाएगा उसी तरीके से जैसे उस उस साइड में इसका फाउंडेशन बिठाया गया था उसी तरीके से फाउंडेशन उधर भी बना दिया जाएगा क्या वो हाँ देखो ये गार्ड साहब हैं यहाँ जो देखभाल करते हैं देखो इस तरीके से ये फाउंडेशन बना के फिर इस तरीके से ये पिलर बना दिया जाएगा जैसे यहाँ पर फाउंडेशन बनाया गया है ठीक है तो इसी तरीके से ये चल रहा है यहाँ पर खरू खजूरी पुस्ता तो खजूरी आगे आगे आ चुका है तो यहाँ पर देखो ये कंपनी वर्क कर रही है तेजी के साथ में देखो उधर भी फाउंडेशन बनाया इधर भी फाउंडेशन का ये काम किया जाना है ये देख सकते हो ये टीम लगी हुई है इसको तोड़ने के लिए और ये तोड़ेगा फिर उस तरीके तो वो थरिए निकाले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर रेत है तो इस वजह से इतने सारे पिलर दिए गए हैं मजबूती के लिए और देखो इस तरीके से ये जमीन के अंदर गाड़ा जाएगा ये जमीन के अंदर डाला जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर तो यही है और इधर तो फाउंडेशन बना दिया इन्होंने देखो इधर ये फाउंडेशन बन चुका है ये क्लियर हो गया और अब इसमें रिंग लगाए जाने और रिंग लग जाने के बाद में इसमें कंक्रीट की मदद से भर दिया जाएगा ये पिलर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तो यही जा हैं यहाँ के खजूरी पुस्ता के गई देखो जिधर आप नज़र उठा के देखोगे उधर ही वर्क चल रहा है तेज़ी के साथ में गई देखो ये टीम लगी हुई है यहाँ पर वर्क करते हुए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शोर हो रहा है देखो टीम द्वारा यहां वर्क किया जा रहा है तेजी के साथ में गाइस, और इसको चौड़ा भी किया जा रहा है तो चौड़ा करने का भी काम चल रहा है अभी इस टाइम पे। यह देखो बहुत चौड़ा किया जा रहा है इधर ये चौड़ा किया जा रहा है देखो ये चौड़ा किया जा रहा है और वो ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है यहाँ पे तो यही नज़ारे हैं यहाँ के गई खजूरी पस्ता के देखो अब आगे भी फाउंडेशन बना दिया जाएगा तो इसी तरीके से ये वर्क चल रहा है यहाँ पे कंटिन्यू इधर भी फाउंडेशन बना दिया इन्होंने देखो और उधर ये चौड़ा किया जा रहा है तो यही नज़ारे हैं और तो चलते हैं आगे फिर आप लोगों को दिखाते हैं तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी पी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन होता तो है प्रेस कर देना तुरंत वेलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस केपी पी संत आप लोगों के बीच में लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है देख सकते हो ये जो पायलिंग मशीन के नीचे जो ज़मीन के अंदर जो पिलर जाते हैं वो ये वाले हैं ये भीम डाले जाते हैं अंदर नीचे ज़मीन में तो यही है नज़ारा यहाँ का यहाँ पे इंटरचेंज बनाया जाना है इस वजह से ये दोनों साइड में आप लोगों को पिलर देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि अभी इसमें बीम डाले जाएंगे एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाएगा तो दोनों साइडों में देख सकते हो पिलर बनाए गए हैं और इसके आपको बता दूं कि इसका रोड का एक्सपेंसन का भी काम चल रहा है और ये जगह है खजूरी तो खजूरी ये आ गया और आपको बता दूँ लेफ़्ट पे सिग्नेचर ब्रिज है और राइट में गाज़ियाबाद तो देख सकते हो सारे पलर का फाउंडेशन बन चुका है कंप्लीट हो चुका है बस इसमें कंक्रीट भरना है तो पलर ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे तो ये आ जाता है खजूरी का फ्लाई देख सकते हो तस्वीर है और यहाँ पर कितना कुछ बहुत ज़्यादा जाम जुम रहता है बहुत ज़्यादा आपको क्या ही बताएं तो देख सकते हो तो आपको बता दूँ ये जाम वाला एरिया है तो इसी वजह से यहाँ पर इसको इंटरचेंज दिया जा रहा है ताकि आपको बता दूँ कि इधर अंबाला के लिए और इधर निकल जाएं। तो देख सकते हो तस्वीरें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन भागा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज के के चैनल पर देखते रहो दोस्तों तो देख सकते हो ये पिंक लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये पिंक क्लाइंट के पिलर हैं जो पिंक लाइन मेट्रो बनाई जा रही है उसके पिलर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे तो ये खजूरी पुस्ते का पहला चौराया था अब तो गोल पहला चौराया था फिर इसके बाद में ये फ्लाई बनाया गया है यमुना रिवर से जोड़ दिया गया है तो देख सकते हो आप लोग तस्वीर और हम यहाँ से निकलते हुए आगे को जाएंगे, इस पर सीधे चलेंगे पाभी पुस्ता पर और पाबी पुस्ता पर भी आप लोगों को बहुत सारा काम देखने के लिए मिलेगा वो आप लोगों को सभी को अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें ख़राब लगा हो फिर भी कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें दोस्तों तो देख सकते हो यह ये यहाँ से पाबी पुस्ता स्टार्ट हो जाता है जो कि आगे तिराया पड़ेगा लास्ट में जाके वहाँ से अगर राइट में जाते हैं तो निकल जाएंगे लोनी और सादरा के लिए और अगर लेफ़्ट में जाते हैं तो बागपत बड़ोत के लिए निकल जाएंगे और इस रास्ते पर हम चल ही रहे हैं अगर इस पर आएंगे तो यहां पर आकर निकलेंगे इसी खजूरी पे तो आप बताओ देख सकते हो तस्वीरें कि यहां पर जाम कितना है ये खजूरी पुस्ता पर क्यों आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इसी वजह से ही यहाँ पर आप लोगों को जाम देखने के लिए मिलेगा तो देख सकते हो कितना स्लो डाउन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है तो इसमें कम से कम अभी टाइम लगेगा हमें तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखा दिया जाए बता दिया जाए कोई दिक्कत नहीं देख सकते ये पाइल मशीन लगी हुई है पाइल कर रही है और इसके अंदर जो ज़मीन में जो रिंग जाएंगे वो ये रखे हुए हैं तो देख सकते हैं ये मशीनें पाइल कर रही हैं और यहाँ पर जाम बहुत है तो चलिए आपसे अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत गाय चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आपसे भी